दर्शकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन अक्टूबर माह के इस राशिफल के कार्यक्रम में मीन राशि के बारे में आज हम बात करेंगे कि पाइसेस अर्थात मीन राशि के जातकों का अक्टूबर माह कैसा बीतेगा अक्टूबर माह दर्शकों जो है ये अपने आप में ही प्रकृति की अद्भुत शक्तियां अपने आप में समेटे हुए हैं इसके कई कारण हैं क्योंकि तमाम जो व्रत पर्व एवं त्यौहार हैं इस माह को एक नवीन चेतना देते हैं तो आप लोगों के लिए क्या कुछ नया रहेगा दीपावली का पर्व है तो दीपावली से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रयोग हम आपको बताएंगे उसके लिए कोई अलग वीडियो नहीं बनाएंगे आप लोग इसी जो है राशिफल में देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं दर्शकों आगे बढ़ें तो इस माह के जो प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हैं इस पर आइए हम लोग एक दृष्टि डाल लेते हैं तो पहला जो है जो मतलब वो रहेगा दो अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती रहेगी छः अक्टूबर को रविवार दिन रहेगा और महाअष्टमी पूजन रहेगा सात तारीख को महानवमी और इसी दिन पारण होगा जो है शरीदीय नवरात्रि का 8 अक्टूबर मंगलवार दिन रहेगा और दुर्गा जी का विसर्जन रहेगा और दशहरा का पर्व भी इसी दिन रहेगा 9 अक्टूबर बुधवार दिन पापा कुंशा नामक एकादशी व्रत रहेगा 11 अक्टूबर शुक्रवार दिन प्रदोष व्रत रहेगा शुक्ल पक्ष का ये प्रदोष व्रत होगा तेरह अक्टूबर को शरद पूर्णिमा रहेगी फुलमून का व्रत जिनको हम बताते हैं इसी दिन रहना और इसी दिन ही अर्थात 13 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती भी रहेगी सत्रह अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा गुरुवार दिन रहेगा 21 अक्टूबर सोमवार दिन और होई अष्टलक्ष्मी व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार दिन रमा एकादशी व्रत पच्चीस अक्टूबर शुक्रवार दिन और धनतेरस व्रत और कृष्ण पक्ष का प्रदोष भी रहेगा वही 26 अक्टूबर को शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी रहेगी 27 अक्टूबर को रविवार दिन रहेगा और दीपावली पूजन रहेगा माँ लक्ष्मी का पूजन भी इसी दिन रहेगा दीपों का पर्व भी 27 अक्टूबर को ही रहेगा 28 अक्टूबर सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी वही उन्तीस अक्टूबर को दर्शकों विश्वकर्मा जयंती भी और भैयाद्वीत भी है तो ये तो थे इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है आप लोग स्क्रीन पर एक अपने जो है चार्ट देख लीजिए यहाँ पर जो है राहु देव हैं ये फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में चलायमान हैं। नौ नंबर जो आपका कर्म का घर बनता है धनु राशि में ही शनि और केतु इस समय गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के मालिक हैं जो कि भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं सूर्य और मंगल का पराक्रम योग आपके सप्तम स्थान पर बना हुआ है बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जो है ये सात ये महापरी का अष्टम स्थान पर बना हुआ है मीन राशि के जातक वार्षिक राशिफल भी हमने बनाया है 2020 का हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अभी जाएंगे तो देख लीजिएगा वार्षिक राशिफल वहां पर जा करके आप लोग सभी राशियों का राशिफल देख सकते हैं 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली आगमन है तो जो भी हमारे सम्मानित दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं दिल्ली क्षेत्र से हैं और आप लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमसे मिल करके करवा सकते हैं इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर या फ़ोन के द्वारा अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं गोचर व्यवस्था पर चंद्रमा को मानक मानकर के हमने यह राशिफल तैयार किया और हमारा यह राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित शास्त्रों में कहा गया है कि देशी ग्रामीण ग्रह सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि न चिंतक विवाहे सरो मांगल्य यात्राया जन्म राशि प्रधानमंत्र नाम राशि न ना चिंतक तो जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए राशिफल देखने में नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि मास के प्रारंभ में आपके मीन राशि के जो जातक रहेंगे इनके कार्यों में अवरोध तथा विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं ये समाप्त होंगी परिश्रम के अनुकूल कार्यों में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में आपके वृद्धि होगी जो आपके आय क्षेत्र के मालिक है क्षनि मार्गी हो गए तो इनकम आपको दिलाए ही दिलाएंगे ही दिलाएंगे शासन और प्रशासन का आपको सहयोग प्राप्त होगा रोगों से छुटकारा मिलेगा वहीं कार्य क्षेत्र में यदि अभी तक आप परेशान चल रहे थे सस्पेंशन चल रहा था या आपकी सैलरी रुकी हुई थी तो इस माह आप इन सभी चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे लेकिन विरोधी आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे आपके पीठ पीछे आपके उच्चाधिकारियों से आपकी चुंगली होगी इस माह दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि तमाम प्रकार से यदि आप रोगों से ग्रसित थे तो उसको उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप धन प्राप्ति का योग बनना कष्टों से मुक्ति जो है होती हुई दिखाई पड़ रही है एक बात बताना चाहेंगे कि संतान प्राप्ति का योग भी है जुपिटर यहाँ भाग्य के घर में बैठे हैं और अपनी नवम दृष्टि देख लीजिए पंचम स्थान उच्च राशि को देख रहे हैं तो कोई संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है आपकी संतानों के आपके कहने में रहेंगे आपके संतानों के अच्छे रिजल्ट आएंगे अच्छे नंबर आएंगे उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जा सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पढ़ाई में आय के नए नए साधन बनेंगे आपके विरोधी अस्त होंगे बुद्धि चातुर्य देखते ही बनेगा फिर भी मन में कुछ अशांति रहेगी शिक्षा में आप बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे खर्चों पर अपने आप को नियंत्रण रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं जो भी यात्राएँ आप करेंगे उनसे लाभ होगा धर्म तथा शास्त्रीय संबंधों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी वहीं 17 जो है अक्टूबर को जब सूर्य देव यहाँ पर जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे अष्टम स्थान पर जाएंगे नीचे हो जाएंगे तो कुछ बीमारी वगैरह वायरल इन्फेक्शन आपको ले लेगा मौसमी बीमारी से आप ग्रसित होंगे अपेक्षा के अनुरूप लाभ न मिलने से मन में कुछ चिंता का समावेश होगा शासकीय माध्यमों से हानि होगी भाग जो, भाग जो में कुछ रुकावट आएगी आपका शरीर रोगग्रस्त भी इस बीच होगा और दर्शकों एक बात बताएंगे कोई बहुमूल्य वस्तुओं की हानि हो सकती है भाई बहनों से आपको असहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ मित्रों के व्यवहार में हानि होगी लंबी दूरी की यात्राएं आपकी निरस्त होगी मीन राशि का स्वामी ग्रह दर्शकों को देखिए गुरु है और इसका संचार भाग्य के घर में है तो बहुत बड़ी बात है तो भविष्य की योजनाओं को लेकर परेशान दिखेंगे लेकिन ये इतना आप जान जाइए कि सब कुछ होते हुए भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत समृद्धिदायक रहेगी भाग्य वृद्धि होगी इस माह कोई वाहन इत्यादि भी आप लोग क्रय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोग इस माह करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी आय के नवीन स्रोत मिलेंगे सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होगी आपके पार्टनर को कोई जॉब वगैरह जॉब इत्यादि मिल सकती है स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है वहीं 20 तारीख के बाद से बताएं हमने आपको कि स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान दिखेंगे किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें आ, आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे शब्दों का चयन करना रहेगा स्थान परिवर्तन तथा धार्मिक या व्यापारिक यात्राओं का योग भी बन रहा है शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए तीसरी दृष्टि देख रहे हैं तो विदेश यात्रा भी आप लोग कर सकते हैं कुछ मामलों में आपके खर्च भी अधिक होंगे इस महीने उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको किसी विशिष्ट पदों से नवाजा जा सकता है पुलिस प्रशासन इत्यादि में तो आपको कोई जो है सेवा से रिलेटेड विशेष पदक वगैरह आपको मिल सकता है भाग्य के घर में बैठा गुरु पंचम दृष्टि लग्न को दे रहा है तो आप अपने घर के जो है क्या कहते हैं मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं राहु की जो पंचम दृष्टि है जिस सूर्य पर जब पड़ेगी तो कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट करा देगी तो दुर्घटना एक्सीडेंट से आपको बचना रहेगा दर्शकों इस माह में आपके लिए भी जो है आपके लिए लकी कलर रहेगा येलो कलर रहेगा इसके अलावा आपका ग्रे कलर भी बेस्ट रहेगा व्हाइट कलर भी आपके लिए शुभ रहेगा पिंक कलर भी आपके लिए शुभ रहेगा सबसे ज़्यादा जो लकी नंबर रहेंगे ये नौ और बारह रहेंगे अनुकूल दिशा जो रहेगी नॉर्थ और ईस्ट रहेगी उत्तर और पूर्व या उत्तर पूर्व ये दोनों दिशाएँ आपके लिए शुभ रहेंगी इस माह की सर्वथा शुभ दिवस कौन से रहेंगे तो चार तारीख छः तारीख आठ तारीख नौ तारीख ग्यारह तारीख सोलह तारीख उन्नीस तारीख इक्कीस तारीख इकतीस तारीख इतने शुभ दिवस हैं वहीं हम प्रतिकूल दिवस की बात करें तो दो तारीख चौदह तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख सत्ताईस तारीख उनतीस तारीख ये दिवस आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे इन दिवसों में अपने आप को बचाना रहेगा आपको मीन राशि के साथ को अब चलते हैं उपाय की ओर उपाय के लिए क्या करना रहेगा एक पीला वस्त्र लेना है आपको और पीला वस्त्र जब आप लेंगे रेशम का लीजिएगा उसके बाद उसमें करना क्या रहेगा उस वस्त्र पर आपको अष्टगंध से अनामिका उंगली से एक आप लोग जो है चौकोर जो है वो बना दीजिएगा उसके अंदर आपको श्रीन लिखना है क्या लिखना है श्रीन लिखना है और थोड़ा सा इत्र उस पर गिरा दीजिएगा इसके बाद आपको करना क्या रहेगा एक मोती शंख ले लीजिएगा अच्छत के दाने ले लीजिएगा कितने दाने 21 दाने साबुत अच्छत के बड़े अच्छत के लीजिएगा आ मतलब होता है नहीं छत मतलब होता है टूटा हुआ तो जो टूटा हुआ ना हो वही अच्छत कहलाता है तो 21 अच्छत के दाने आप लोगों को लेना रहेगा इसके बाद थोड़ा केसर आप ले लीजिएगा एक आपको श्रीयंत्र लाना है तांबे से बना हुआ और उसको आपको मौली से लपेट देना है मौली मतलब होता है कलावा उससे आप लोगों को लपेटना है और लपेटने के बाद उसको रख दीजिएगा अब आपको क्या करना रहेगा उसी आपको पोटली में सात कौड़िया लानी है सात गोमती चक्र लाना है और एक जो है नारियल जो है छोटा सा आता है एक एकाच्छी नारियल पूजा पाठ संसारी की दुकान पे मिल जाएगी एकाच्छी नारियल में अपनी मनोकामना बोलते हो उसमें रखिए इत्र गिराइए उस पोटली को बांध दीजिए और बांधने के बाद ये धनतेरस वाले दिन सभी प्रयोग आपको करना है शाम के समय उस पोटली को जहां पूजा करते हैं महालक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए अब आपको कनकधरा स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और ललिता सह नाम का पाठ करना रहेगा ये तीन दिन तक कंटिन्यू चलेगा एक वर्ष तक आपके घर में इतनी ज़्यादा जो है मतलब बरकत होगी धन प्राप्ति होगी कि आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी उस पोटली को दीपावली वाले दिन जब पूजा हो जाएगी उसको उठा करके धन रखने के स्थान पर आपको रखना रहेगा और जो प्रयोग हमने बताया सिर्फ और सिर्फ मीन राशि के जातक ही करें तो बेहतर रहेगा और कोई ना करें उसको आप लोगों को अपने जो है धन रखने के स्थान पर रखना है प्रतिदिन उसमें आपको इत्र लगाना है और धूप दीपक आपको दिखाना रहेगा यकीन मानिए दर्शकों इसी राशिफल में आकर के आप लोग कमेंट करेंगे कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा उपाय बताया तो ये आप लोग प्रयोग करिए ये दीपावली से जुड़ा हुआ प्रयोग था दूसरा दर्शकों गजेंद्र मोच का पाठ आपको बृहस्पतिवार वाले दिन करना होगा और मानसिक रूप से ओम श्री श्रेय नम इस मंत्र का जाप आप लोग डेली करिए एक बार करेंगे तो बढ़िया रहेगा नित्य श्री सुक्त लक्ष्मी सुप्त का आप लोग पाठ कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई आपको खिलानी रहेगी फिर कह रहे हैं वार्षिक राशिफल मीन राशि के जो है जातकों का पड़ा हुआ है में चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं केसर का सेवन आपको नित्य करना है और मस्तक जिब्भा नावी पर इस माह डेली आपको केसर लगाना है कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार वाले दिन किसी को धन उधार मत लीजिएगा हमेशा आपका पैसा फंस जाएगा वही शनिवार वाले दिन आप लोग शनि मंदिर में जाकर के भगवान शनि देव के दर्शन करिए क्योंकि कर्म के क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ हैं तो कुछ कु जो है के आ, मतलब कुछ यहाँ पर गड़बड़ ना करें तो इन्हीं के चरण में आप जाइए शनिवार के दिन हर शनिवार के दिन जाइए और दशरथ के शनि स्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं या शनिदेव का कोई मंत्र आप एक बार वहाँ खड़े होकर के जप सकते हैं तो ये तो थे कुछ छोटे से प्रयोग यदि आपको अपनी कुंडली दिखा करके पर्सनली आपको उपाय लेना है जेमस्टोन के बारे में लेना है जो है राय तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और फिर बता रहे हैं उन्नीस बीस को दिल्ली में मिल सकते हैं दीजिए इजाज़त कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सप्तई और बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को जम के शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार